साथियों में दावे के साथ कहता हूँ कि आज का ये वीडियो देखने के बाद आपके अंदर मोटिवेशन की ऐसी आग जलेगी जो आपको हर वो काम करने के लिए नई दिशा और ताकत देगी जो आपने करने की ठान रखी है इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथियों इस दुनिया की चकाचौंध में आप खुद के लिए ये सोच ही नहीं पा रहे हो कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो आप तो बस भेड़ चाल की तरह दुनिया के पीछे चलते ही जा रहे हो और दिन निकलते जा रहे है हर बीते दिन के साथ आपकी टेंशन बढ़ती जा रही है लेकिन आपको पता होना चाहिए की आप ही आपकी जिंदगी की शिल्पकार हो और आपका ही हक है जीवन को सही सांची में ढालना और इससे एक बहुत ही खूबसूरत परिणाम तैयार करना साथियों आप किसका इंतजार कर रहे हो क्या आप यह सोच रहे हो कि कोई आएगा आपकी ज़िंदगी में और आपका हाथ पकड़ सफलता दे जाएगा अगर आप यह सोचते हो तो आपके जीवन में आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी है बिना कुछ किए जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होता है हर इंसान को सफल होने के लिए जिंदगी में शुरुआत करनी पड़ती है कहते हैं जब जागो तभी सवेरा मतलब शुरुआत करने का कोई समय नहीं होता यदि आपने इस वीडियो को देखने से पहले तक भी कोई शुरुआत नहीं की है तो अभी अपने काम में लग जाओ साथियों समय ना लगाओ तय करने में आपको क्या करना है वरना समय तय करेगा आपका क्या करना है इस वीडियो को देखने के बाद पाँच मिनट का समय अपने आप के लिए जरूर निकालना और शांत मन ऐसी आत्म जरूर करना की आप इस जीवन में कह रहे हो, आपने अपने लिए सोचा क्या है और किसके कहने पर आप अपनी जिंदगी की दिशा तय कर रहे हो कई सालत में आप जिंदगी में कुछ अचीव कर पाओगे नहीं साथियों, आपको बात कड़वी जरूर लगेगी लेकिन सच है, आप जानते हो कि जिसे आज से पहले आप जो काम करते आए हो अगर वैसे ही करते रहे तो इन सबसे आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे इनसे आज तक कुछ भी ना तो बदला है और न बदल पाएगा बल्कि आपकी पूरी लाइफ गुमनामी की अंधेरी में डूब जाएगी जहाँ आप कभी सफल नहीं हो सकते हैं और इस जिंदगी में आपका कोई व्यक्तित्व नहीं होगा कोई युद्ध नहीं होगा आपका जीवन बिल्कुल व्यर्थ चला जाएगा आपके सपने सिर्फ आपके ख्वाबों और दिमाग में रह जाएंगे इसलिए जो भी करना है उसकी अभी से शुरुआत करो आपको किसी समय का इंतजार नहीं करना जो आपने करने की ठानी है उसके लिए पूरी तैयारी करो पूरे जोश और झूंड के साथ अपने पूरे दिमाग को एक जगह फोकस करो और ये सोचो की अभी नहीं तो कब अभी नहीं तो कब अपने सपनों को अपनी आँखों के आगे लाओ और महसूस करो अपने अवचेतन मन में उनका एक दृश्य बनाओ खुशी को महसूस करो जो आप अपने सपनों को पूरा करने के बाद में प्राप्त करेंगे साथियों लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती यकीन मानिए अगर आप भी अभी से शुरुआत करते हैं पूरी तैयारी के साथ तो आप जरूर सफल होंगे। दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती आप ईश्वर की बनाई हुई इस दुनिया की सबसे नायाब और अनोखी चीज हो अपने आप पर विश्वास कीजिए इस दुनिया में एक दिन आपका नाम जरूर होगा कहते हैं ना करने के हजार बहाने होते हैं लेकिन करने के लिए एक वजह ही काफी होती है आप भी कुछ से वादा कीजिए कि अब और बहाने नहीं जितने भी बहाने हैं उन सभी को आज ही टफना दो और अपने जीवन की डिक्शनरी में से इन सभी बहनों को हमेशा के लिए बाहर निकाल सको अपने लक्ष्य को सबसे आगे रखो उसके सिवा आपको कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए न शादी पार्टी ना दोस्तों के साथ घूमना ना सोशल मीडिया सब कुछ आपके लिए बाद में होना चाहिए आप भी आपकी जिंदगी के अर्जुन बनिए जिसे अपने लक्ष्य के सिवा कुछ दिखाई दिया ही नहीं और वह अपने लक्ष्य को भेजने में जरूर सफल हुआ आखिर में बस इतना ही कहूंगा कि जीत उसी को मिलती है जो जीतने का दम रखता है फिर जमाना कुछ भी कहे क्या फर्क पड़ता है साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत